गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और हमने कहा था कि आलोकन एकेडमी जो है आपके करंट अफेयर्स के इश्यूज को रोज़ आपके साथ शेयर करेगी तो इस कार्यक्रम में हम हमें दो दो एपिसोड्स दो लेसन इसमें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं तीसरे लेसन में हम आपके जो हमें दो दो जो लेसन हुए उसके जो फीडबैक्स मिले थे उन फीडबैक्स के आधार पर हमने इस कार्यक्रम में कुछ तब्दीली की है कुछ परिवर्तन किए हैं कुछ संशोधन किए हैं और वो संशोधन हमने आपकी जो फीडबैक है उसके आधार पर और फिर हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके डिस्कशन के बाद उसको हमने अंततोगतवा उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है उसमें हमने ये किया है कि इसमें आपके फीडबैक के आधार पर हम इसमें एक स्टेटमेंट ले करके आएंगे जो स्टेटमेंट हम लेकर के आएंगे उस पर्सनालिटी के बारे में उस व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ समरी आपके सामने रखेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि वो जो समरी है उस समरी में हम ऐसी ऐसे तथ्य लेकर के आएँ ऐसी जानकारी आपके लेकर के सामने लेकर के आएँ जिसमें वो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाती हो और उन पर्सनैलिटी के बारे में जो अब तक जो बातें आपने पढ़ी हैं उससे शायद अटकर हो वैसे तो आप सब जानते हैं गूगल का जमाना है गूगल में जो है कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है फिर भी हमारी कोशिश ये है कि ऐसी तथ्य हम लेकर के आने की कोशिश करेंगे जो कम से कम लोग जानते हो आप सब जानते हैं कि हम ये जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है इसको चार बजे लेकर के आ रहे थे पर हमारी कोशिश ये है कि अब इसको हम थोड़ा जल्दी लेकर के आएँ क्योंकि उसके फीडबैक भी हमें मिल रहे हैं और हमारा ये जो कार्यक्रम है वो कल से 11 बजे हम इसको लेकर के आ, आ, आएंगे तो आप सबसे आग्रह है कि आप 11 बजे कल से हमें हमारे साथ जुड़िएगा और YouTube पे उस पर जो है आपको लाइव लेकर के आएंगे इसलिए आप जो है उसमें लाइव में 11 बजे से जुड़ सकते हैं दूसरी जो बात मैं आपके सामने जो ले के आज के इस कार्यक्रम में आया हूँ इसमें पहला जो हमने आपकी जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर एक स्टेटमेंट हम आपके सामने लेकर के आए हैं और ये जो कथन है ये कथन जो सबसे जो महान जो वैज्ञानिक हैं जो सबसे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं उनमें से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने वक्तव्य में कहा है उस पर हम चर्चा करेंगे पर मैं आपके सामने कुछ एक दो चीज़ें दो और शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइन्सिन का, का जन्म जर्मनी में हुआ और जर्मनी में उन्होंने जो जिस तरह की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी जो टकरावट थी उनके वहाँ के जो उस उस्ताम पे थे हिटलर उनसे उनकी तनातनी रही उनसे उनके जो है मतभेद रहे और बाद में मनभेद भी के रूप में भी सामने आए आप सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को हिटलर के की जो तानाशाही थी वो शांत सा, नहीं कर पाई और उन्होंने जर, अंततः जर्मनी छोड़ने का निर्णय लिया और नार्वे और दूसरे देशों में रहे और उसके बाद आखिर में जा कर के अमरीका में बस गए आप ये भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं उनके पत्रों में उन्होंने कई उस समय की जो हस्थियाँ थी उनको पत्र लिखे पर उनके जो दो तीन जो पत्र हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उसके लेवल के माने जाते हैं जिसमें एक पत्र उन्होंने अपने बेटे को लिखा एक पत्र उनकी बेटी को लिखा एक पत्र उस समय के जो अमरीकी राष्ट्रपति थे रुजवेल्ट उनको उनको लिखा उन्होंने जापान के ऊपर जो 1945 में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ उसकी भी आलोचना की और अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके बारे में भी लिखा और उनका एक पत्र उन्होंने जो अपनी बेटी को लिखा उसकी नीलामी हुई और वो नीलामी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नीलामियों में से एक है तो आप आप समझ सकते हैं कि उनका जो उहदा था उनका जो कद था उनका जो स्तर था उनका लेवल था वो कितना ऊँचा था और हम उनके स्टेटमेंट को जब आप बात करते हैं तो उन्होंने एक बार कहा था कि हर शख्स जीनियस होता है ये जो प्रकृति का जो नियम है जिसको इस देश में झुटला दिया गया है कि हर जो व्यक्ति है उसकी जीनियसनेस जो है उसकी जो एक जो काबिलियत है उसको यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था ने जो है एक तरीके से दरकिनार किया हुआ है एक तरीके से, से नज़रअंदाज किया आ, हुआ है उसकी उपेक्षा की हुई है और उसी की वजह से आप सब जानते हैं इस देश का जो लगभग 80 परसेंट जो पॉपुलेशन है उसकी आवाज़ शायद कहीं सुनी नहीं जाती है उसका जो उसकी जो शिक्षा है उसका रहन सहन है उसका सामाजिक स्तर है उसकी सोच है उसको कहीं ना कहीं से कोई न कोई नियंत्रित कर रहा है ऐसे में आइंस्टीन का ये कदव, कथन जो अपने आप में बहुत अहमियत वाला है जिसमें वो कहते हैं कि हर शख्स जीनियस होता है लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आँकेंगे तो वह मछली सारी उम्र यही सोचती रहेगी कि वह मूर्ख है ये जो कथन है ये भारत के परिपेक्ष में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और भारत में जैसे देश में जहाँ जाति व्यवस्था है शोषण है महिलाओं के प्रति अत्याचार है महिलाओं को एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है इन महिलाओं के साथ जो दो दर्जे का जो व्यवहार होता है इवन जो दूसरे जो मनुष्य हैं उनके साथ भी उनको मनुष्य की श्रेणी में नहीं माना जाता और कई बार तो ऐसे समाचार और ऐसे चीज़ें सुनने को आती है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक जानवर जो होता है जो अपर एक, एक क्लास का जो जानवर है वो एक दूसरे जो कैटे उसका जो मनुष्य है उससे भी शायद ज़्यादा अहमियत पा जाता है आप यह जानते हैं यहाँ पे जो है मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता उनको जो व्यक्तिगत तो उनकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन रात दिन होता रहता है इवन उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते इवन इवन उनको बाल भी संवार तक पे लोगों को आपत्तियाँ हैं और यहाँ जो एक बार ये जो ऐसा ही वाक्य बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी घटित हुआ था उन्होंने उनको नाई ने बाल काटने से मना कर दिया और वही नाई जो है वो दूसरे के, लोगों के के घर भैंस के बाल काटने चले जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भारत की जो स्थिति है उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि हर आदमी जीनियस है और उसकी जीनियस ने इसका देश के हित में काम आना चाहिए और इसके लिए सरकार को सरकार की जिम्मेदारी है हमारा जो संविधान है इस चीज़ की गारंटी देता है और इस गारंटी को पूरी करने की जो है वो ज़िम्मेदारी सरकारों की है तो क्या सरकार ऐसा कर पा रही है ये आप हम सब बखूबी जानते हैं इसको आप सोच सकते हैं समझ सकते हैं जान सकते हैं और इसके जो लोग भुक्त भोगी वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं हम इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जैसा मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन का हिटलर से जो है वो मतभेद था और ये मतभेद जो था ये बाद में मन मनभेद के रूप में भी सामने आया और यहाँ तक कि उस समय के जो सबसे बड़े जो तानासा थे हिटलर जर्मनी के उन्होंने आइंस्टीन को मारने के लिए एक इनाम घोषित कर दिया और उस समय जो इनाम रखा था वो था पाँच हज़ार डॉलर का मतलब इटलर आइंस्टीन की सोच से इतने इतने भयभीत थे और इस भयभीत होने के साथ साथ उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को मारने के लिए पाँच हज़ार डॉलर का इनाम रखा तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच का जो दूरिया थी वो कितनी बड़ी हुई थी दूसरी जब हम बात करते हैं तो ये जो हिटलर की जो तानाशाही है वो लगभग 1933 में जर्मनी में शुरू हो गई थी और वहाँ हर प्रकार के यहूदी साहित्य को सार्वजनिक होली जलाने का अभियान छेड़ दिया गया था मतलब जैसे अगर हम कह सकते हैं तो भारत में जो वर्तमान जो हालात है वो लगभग लगभग उसी स्थिति की ओर जा रहे हैं और उसी स्थिति में पहुँचाए जा रहे हैं है कि एक जो समूह के लोग हैं वो पूरे देश को हथियार लेना चाहते हैं वो चाहे उद्योगपति हो चाहे वो अपर कास्ट के सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हों तो ये जो है ये जो जर्मनी में जो अभियान छेड़ा हुआ था वही स्थिति लगभग भारत की है इटलर ने आइस्टीन के ऊपर पाँच हज़ार डॉलर का जो इनाम रखा उसके साथ साथ ही आइस्टीन की जो लिखी हुई किताबें थी उनको जला दिया गया इटलर ने जर्मनी के राष्ट्र के दुश्मनों की एक सूची बनाई उसमें जो है सबसे ऊपर जो है वो आइंस्टीन का नाम था और आप देखेंगे कि इसमें जो घोषणा की गई थी कि जो व्यक्ति आइंस्टीन की हत्या कर देगा उसे पांच हजार डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा यह इिटलर ने आइस्टीन के बारे में कहा उसके बाद हुआ क्या उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है जर्मनी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और जर्मनी छोड़ने से पहले वो एक थ्योरी दे दुनिया को देखे गए और वो थ्योरी थी सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था जो भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा आविष्कार माना गया और बाद में दो में उनको नोबल पुरस्कार मिला उन्होंने गति के स्वरूप का अध्ययन किया इसमें और कहा कि गति एक सापेक सापेक्ष अवस्था है जर्मनी के अलावा उनके पड़ोसी देशों में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी रहे जैसा मैंने आपसे कहा था कि उनको जर्मनी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो वो पहले स्विट्जरलैंड जा करके रहे और फिर ऑस्ट्रिया में रहे और उन्नीस से उन्नीस तक आयस्टिन बर्लिन में रहे इस दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति गणना को देखते हुए वे अमेरिका चले गए और बाद में वो जो है अमेरिका चले गए तो आप सोचिए कि ये जो जो तानाशाही सोच के जो लोग हैं वो अपनी मनमानी के लिए कहाँ तक उतर आते हैं कि एक आयस्तीन जैसी शख्सियत आयस्तीन जैसा व्यक्तित्व उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं तो ये हम आज का स्टेटमेंट आपके सामने लेकर के आए थे अब हम दूसरा जो है आज का जो लेसन है उसमें हम एक, एक और बात लेकर के आए हैं जो कि इस देश के युवाओं से संबंधित है और इस देश के युवाओं के साथ क्या बीत रही है जो बेरोज़गारी का आलम इस देश में जो बढ़ गया है इस स्टेट में भी जो बेरोजगारी की जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है तो इसमें आप देखेंगे तो हम आज जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं उसमें हम बेरोजगारों को चाहिए नियुक्ति का वैक्सीन जैसे कोरोना की वैक्सीन सबको चाहिए ऐसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है बेरोजगार जो युवा है उसको भी एक रोजगार का वैक्सीन चाहिए और उसको सरकार को लिए उसके लिए जो है कदम उठाने चाहिए वैसे सरकार उसके लिए कदम उठा रही है ये सब आप जानते हैं पर कोरोना की जो परिस्थितियाँ जो बनी है उसके बाद कई सारी भर्तियों को और कई दूसरे कारणों से भर्तियों को टाल दिया गया है वो शायद उसकी जल्दी ही कुछ डेट्स आएंगी पर ये जो हम इसमें जो कहना चाहते हैं वो सबसे पहली बात तो ये है कि 60,000 हजार अटकी हुई है ये राजस्थान की बात है राजस्थान में लगभग 60,000 जो नौकरियां हैं वो अटकी हुई है 40 लाख युवाओं के सपने क्वारंटाइन हो गए हैं और संक्रमण कम होने पर भी अगस्त से पहले परीक्षाओं की संभावना नहीं बनती है ये कोरोना की वजह से कोरोना के बढ़ते हुए जो संक्रमण के जो केसेज आ रहे हैं उसकी वजह से और आप जानते हैं लगभग लगभग उनसठ जो पदों की जो अलग अलग भर्तियां हैं वो कोरोना की वजह से अटक गई है इन भर्तियों में लगभग 17,448 पदों की भर्तियां तो प्रक्रियाधीन हैं जो अभी कुछ परीक्षाओं शायद अभी होने वाली थी अब दो दो अप्रैल से शुरू हो जाती पर उनको टाल टाल दिया गया इनके लिए आवेदन किए जा चुके हैं वही रीट और आरएस 2018 जैसी भर्तियां कई सालों से चल रही हैं इसके अलावा इकतालीस पदों की नई भर्तियां जो है वो शुरू होनी है तो ये जो इस प्रदेश का देश का जो युवा है वो रोज़गार के लिए एक तरह से क्वारंटाइन और आइसोलेशन में चले गया है उसको रोज़गार की ज़रूरत है ताकि वो कोरोना की वैक्सीन की तरह जैसे हम कोरोना से वैक्सीन से लड़ रहे हैं ऐसे ही वो रोजगार पा करके अपनी अपने अस्तित्व को बचा सके ये इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए इसी में जो हमने जो इसकी जो मुख्य वजह की जो पड़ताल की है कि आखिरकार ये भर्तियां क्यों नहीं हो रही है इसमें हमने पाया कि इसकी जो वजह है वो लगभग चार इसके प्रमुख कारण हैं इन चार कारणों में पहला कारण है कोरोना कोरोना के संक्रमण के, के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं आप सब जानते हैं इसके लिए जो लापरवाही है और जो जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को नहीं मानने की वजह से कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में डेड बॉडीज़ के जो है वो ढेर लगे हुए हैं उनको जलाने के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं है और तब भी जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है उसको जो कदम कोरोना के पहले दौर के बाद उठाने चाहिए थे जो दुनिया के दूसरे देशों ने भी उठाए वैसा शायद इस देश की सरकार ने नहीं किया और उसमें क्यों नहीं की क्या क्या क्या उनकी कमियाँ रही उसको हम आगे को, को, को, कोरने की गिनाने की कोशिश करेंगे पहले हम इन भर्तियों की बात कर रहे हैं कि कई भर्तियां ऐसी हैं जिनमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है इसलिए जब तक कोरोना पर कंट्रोल नहीं होगा परीक्षा होना मुश्किल है पहली वजह दूसरी है ई का कोटा आप सब जानते हैं कि इस देश में ई को 10 परसेंट रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है और उस रिजर्वेशन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने एक स्टेप लेते हुए उसको लागू करने की ओर आगे बढ़ी है और इसमें प्रक्रियाधीन जो भर्ती आया उसमें ई को आरक्षण देने के नए प्रावधान लागू करने हैं आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी कई उसमें हो चुकी है और जितनी देरी हो परीक्षा उतनी ही लेट होगी तो ये सरकार इसको जो ई की जो अपनी जो व्यवस्था है उसको जो लाभ देना चाहती है उसको जल्दी से जल्दी दें और परीक्षा परीक्षाओं की तिथियों को जल्दी से जल्दी घोषित करें तीसरी जो वजह है वो बोर्ड की परीक्षाएं हैं कि राजस्थान में बोर्ड की परीक्षाएँ मई में होती हैं और कोरोना के मामले से घटेंगे तब तक परीक्षाएँ जून जुलाई में हो सकती है इस कारण भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जुलाई के बाद ही हो सकेंगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है चौथी जो वजह है वो कॉलेज की परीक्षाएं हैं कि कॉलेज की जो परीक्षाएँ हैं उसका समय आ गया है और विश्वविद्यालयों में कॉलेजों की परीक्षाओं मई में होनी थी ये स्थगित हो गई है इन परीक्षाओं का जुलाई में होने की उम्मीद थी अब ऐसा तो लगता नहीं है कि जो कोरोना की जो महामारी है जिस तरह से फैल रही है वो तब भी शायद हो पाएगी तो सरकार को इसके बारे में भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि रोज़गार के उपलब्ध मुहैया कराने में जो है युवाओं को जल्दी से जल्दी सरकार रोजगार उपलब्ध करवा सके आगे का जो हमारा जो इसका जो असर जो पड़ रहा है कोरोना का जो असर जो पड़ रहा है उसमें आप जानते हैं कि इसमें जो अभी सभी जो बच्चे ग्रेजुएशन में पास होंगे वो टीचर्स बनने के लिए बी बी और बीएलएड जैसे पाठ्यक्रमों में, में प्रवेश लेंगे उसमें भी देरी होगी और इससे भी ये भी है इसमें भी परीक्षा टलने की उम्मीद जताई जा रही है बीएड में प्रवेश की परीक्षा के लिए पी टी के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है साढ़े पाँच लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है लेकिन परीक्षा तिथि तय नहीं हुई है तो सरकार जो है इसको जो है जल्दी से जल्दी इसकी परीक्षा की तिथि और हो सके तो ऑनलाइन परीक्षा की तिथि करें ताकि जल्दी से एग्जाम हो और इसकी परीक्षा हो जाए बोर्ड की परीक्षा से पहले आवेदन की तिथि में विद्यार्थी प्री बी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे इस परीक्षा के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में 24,000 से अधिक सीटों में प्रवेश होता है और ये जो है ये कोरोना की वजह से जो है ये परीक्षा भी समय पर होने की उम्मीद नहीं है आगे हमने इस आज के इस सेशन में जो चीज़ शामिल की है उसमें एक अच्छी खबर है और ये जो खबर है ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है और इसमें जो माउंट अन्नपूर्णा की जो चोटी है उस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी है और ये प्रियंका प्रियंका मोहिते ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रियंका मोहिते सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकोन के अनुसंधान संगठन के साथ काम करती है जो दवा की खोज करती है और कंपनियों को बेचती है ये भी बता दें कि प्रियंका दुनिया की पाँचवीं सबसे ऊँची पर्व चोटी माउंट मकालू पर चार मीटर की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुकी है और माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की में स्थित हिमालय की चोटी इसका इस पर भी इन्होंने सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है इसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से ज़्यादा है इससे पहले प्रियंका 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जो कि आठ मीटर ऊंची है पर चढ़ाई की थी और वही दो में माउंट लौथ से माउंट मकालू साल 2016 में माउंट किली मंजारों पर भी चढ़ाई की हुई है तो ये जो महत्वपूर्ण एक सवाल इसमें से बनते हैं जिसमें पहला सवाल तो यही है कि अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो उसका जवाब आपका होगा प्रियंका मोहित है दूसरा है कि प्रियंका मोहित कहाँ काम करती है तो ये है इंटरनेशनल सिंजेन इंटरनेशनल बायोकोन में काम करती है किस डिपार्टमेंट में करती है ये दवाई बनाने वाली एक कंपनी है प्रियंका ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मकालों की जो है उसकी हाइट कितनी है आठ है जो अन्नपूर्णा जो नेपाल में जो चढ़ाई की है उसकी हाइट कितनी है 8,000 के आसपास है दो में उन्होंने कौन कौन सी चोटियों को पर चढ़ाई की है ये सारे के सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं अगला जो बिंदु है उसमें हम एक फिर से एक आपको एक डरावनी की खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और ये जो है ये बंग, पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव जो चल रहे हैं जो चुनावी रैलियाँ हो रही है वह कोविड 19 का नया इम्यून एस्केप वेरिएंट मिला है कई लोग इसमें ये जता रहे हैं कि ये शायद हो सकता है कि अभी जो पहला जो कोरोना का वेरिएंट था वो फर्स्ट फेज में था दूसरा वेरिएंट जो है वो इस सेकेंड फेज में है पहला वेरिएंट जो है वो सेकेंड फेज के वेरिएंट से कमज़ोर था वो सेकेंड वेरिएंट है वो पहले वाले फे, जो फेज के जो वायरस था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है घातक है और उसकी जो मोर्टिलिटी रेट जैसा मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया कि उसकी बहुत ज़्यादा है पर ये जो तीसरा वेरिएंट जो पश्चिम बंगाल में मिलने की जो बात कह रहे हैं अगर ये बात सही है तो ये और भी ज़्यादा घातक होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये जो क्या है इसका जो है इसका ना, ना, ये नया जो वेरियंट है वो एस ए आर एस की ओ वी टू है इसका जो वेरियंट जो, जो वैज्ञानिकों वे ने डिसाइड किया है और इ, ये जो है इससे प्रतिरक्षा को बढ़ा करके ही सार उसको उससे संक्रमित होने से बचा जा सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है भले ही उस व्यक्ति ने पहले वायरस को ग्रहण किया हो जैसे इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन जो है वैक्सीन जिन लोगों को लग गई है या जिन लोगों को पहले कोरोना हो गया है जिनमें एंटीबॉडीज कोरोना के या कोविड की जो है बन रही है उनके खिलाफ़ भी ये जो है घातक हो सकता है दूसरा ये कोविड 19 से डबल म्यूटेड वेरिएंट के समान है जो 18 राज्यों और भारत संग शासित प्रदेशों में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में पाया गया था और भारत में दुनिया में कम से कम जो है बासठ पॉइंट वेरिएंट मिले हैं ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको इसके जो नोट्स ले लेने चाहिए जो कि आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा भारत में 130 बी 1.618 सैंपल में से लगभग एक पश्चिम बंगाल में सैंपल पाए गए हैं हाल ही में महीनों में राज्य विधानसभा चुनावों के गवार आए पश्चिम बंगाल में कोविड 19 के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है पर हमारे जो सरकारें हैं उनको शायद इसकी फिक्र नहीं थी उनको शायद चुनाव जीतना उसके लिए ज़्यादा अहमियत वाला था और उन्होंने जो है पूरे के पूरे देश को जो है खतरे की ओर धकेल दिया है तीस अगला जो बिंदु है वो भी कोरोना से जुड़ा हुआ है वो जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि केंद्र सरकार ने अपनी जो भूमिका है वो बखूबी नहीं निभाई है कोरोना की फर्स्ट स्टेज के बाद जो केंद्र सरकार को जो तैयारियां करनी थी उतनी तैयारियां केंद्र सरकार ने नहीं की और लापरवाही बरती जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश जो है वो लाशों के ढेर पे में तब्दील हो रहा है Ooh. और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो केंद्र सरकार जो है वो स्टेट दर स्टेट प्रदेश दर प्रदेश के साथ जो है वो एक सौतेला व्यवहार कर रही है एक स्टेट में जो है उसकी जो वैक्सीन की जो कीमत है वो दूसरी है और दूसरे स्टेट में वो है वो उसकी अलग कीमत है और तीसरे स्टेट में उसकी और भी ज़्यादा कीमत तो इस तरह का जो व्यवहार जो केंद्र सरकार कर रही है उसको जो है सब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं मीडिया तो खैर उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता पर उसकी जो वजह है जो जो डिमांड जो आ रही है देश से वो कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का जो खर्च है उसको केंद्र सरकार को उठाना चाहिए और वन नेशन वन वैक्सीन वन रेट सरकार को पूर्ण नीति अपनानी चाहिए ताकि सबको समान रूप से समान कीमत पर एक जैसी वैक्सीन मिल सके और लोगों को कोरोना से निजात मिल सके इसमें जो अलग अलग जो कीमत है उसको आप देखिए किस तरह से केंद्र सरकार कर रही है जिस वैक्सीन को भारत सरकार दो निर्माताओं से एक रुपए की दर से खरीद रही है उसी वैक्सीन को 6 करोड़ डोज पीएम केयर फंड के माध्यम से एक निर्माता कंपनी से 210 रुपए और 1 करोड़ डोज दूसरे निर्माता कंपनी से 310 रुपए में खरीदी गई है इससे जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं एक ही वैक्सीन के तीन दाम करके भारत सरकार ने भविष्य के लिए जनता को भारी कट्ठाई में डाल दिया है जो कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए इसमें यह बहुत ही विचित्र निर्णय है कि एक ही वैक्सीन भारत सरकार को डेढ़ सौ रुपये में और राज्य सरकारों को चार सौ रुपये में निजी अस्पतालों को छः सौ रुपये में सप्लाई की जा रही है जो कि एक चिंता का विषय है और आप सब जानते हैं कि ये जो वैक्सीन की जो कीमत है और स्टेट्स की जो हालात है चाहे उनको जीएसटी का पैसा नहीं मिलने की हो चाहे उनके संसाधनों की कमी हो स्टेट पहले से ही जो है वो क्राइसिस में है और ऐसे में जो है सेंटर जो है उसको जो है कोविड वैक्सीन में भी एक स्टेट्स के साथ अलग अलग नीतियां अपना करके उसके नागरिकों के साथ एक छोतला व्यवहार कर रही है इसको सरकार को बाज जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो वन नेशन वन वैक्सीन वन रेट आज की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि वैक्सीन की जमाखोरी और कालाबाजी पर कालाबाजारी पर नियंत्रण हो सके तो ये जो है एक दुखद खबर है जो कि केंद्र सरकार के लेवल पर इस तरह का काम किया जा रहा है हमारी उम्मीद है कि सरकार इसको ध्यान देगी और जल्दी इसके बारे में कोई सार्थक निर्णय लेगी अभी जो नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें हम खेल से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास लेकर के आए हैं और ये यूरोपियन जी टी फोर के बारे में हैं आप जानते होंगे आपने अखबारों में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा हो तो आपको हम बता देते हैं कि अखिल रविंद्र इस साल चैम्पियंस में उतरने वाले एशिया के इकलौते खिलाड़ी बने हैं और ए इवेंट में हुगो कायडे को कड़ी चुनौती मिली है ये भारत के हैं अखिल रविंद्र इन्होंने जो है यू, यूरोपियन जी चैंपियनशिप में जो फाइनलिस्ट है उसको बहुत कड़ी चुनौती दी है और इसमें बेंगलोर में चल रही है यूरोपीय जी टी फोर चैंपियनशिप 2021 में अखिल रविंद्र और हुगो कनाडे की जोड़ी को एजीएस इवेंट में कड़ी टक्कर मिली है अखिल इस साल इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले इकलौते एशियाई खिलाड़ी हैं और रविवार शाम को इटली के मौजा में हुए रेस में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है फाइनलिस्ट को रेस वन में पीछे हटने के बाद एजीएस इवेंट की इस जोड़ी ने रेस टू में सिल्वर कैटेगरी में तेरवा स्थान हासिल किया है और ये जो जोड़ी है भारत की इसने डबल इवेंट्स में भी जो है तेरहवा स्थान हासिल किया है नेक्स्ट ये भी आपका खेल से जुड़ी हुई खबर है और ये आपको आने वाली एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग के बारे में है ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो है आठ बॉक्सर जो है भारत के वो फाइनल में पहुँचे हैं और उन्हें पदक पदक मिलने की पूरी संभावना है और उनमें जो है वो तीन ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं पोलैंड में चल रहे यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आठ भारतीयों ने बॉक्सर फाइनल में पहुँच गए हैं इनके अलावा तीन बॉक्सरों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पहली बार भारत सबसे ज़्यादा मेडल जीतने में सफल होगा इससे पहले 2018 में भारत में हंगरी में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते थे तो ये सवाल आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इसके आप नोट्स ले सकते हैं आगे जो नेक्स्ट जो सवाल है वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ सवाल है और विशेष रूप से ये राजस्थान से संबंधित है आप जानते हैं कि राजस्थान में जो महिलाओं की हमारी जो बहनों की जो स्थिति है वो कितनी खराब है सरकार का उस उनकी तरफ ध्यान नहीं होता है इवन परिजनों का भी ध्यान नहीं होता है और स्त्री शिक्षा की जो स्थिति प्रदेश में जो है चाहे उनका जो है मेल फीमेल रेशियो चाहे उनको जो शिक्षा की और दूसरी जो ज़रूरत की जो चीज़ें उसमें उनके साथ भेदभाव बढ़ता हो ऐसी स्थिति में अलवर की जो एक हमारी बहन है उन्हों उन, नाम है सलोनी और इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है कि इनका जो फोबर्स की जो मैगज़ीन है जो मैगज़ीन पूरी दुनिया की जो बड़े नामों को उसमें शामिल करती है उसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आदिवासियों जो लोग हैं गुजरात के आदिवासी जो लोग हैं उन, उन उनको बांस जो होता है बेम्बू बांस से जो है वो ज्वेलरी बनाना सिखाया है और फोबर्स की जो है तीस अंडर अंडर तीस की सूची में इनका नाम शामिल किया गया है सलोनी ने अपने सोशल एंटरप्राइजेज बांसुली के माध्यम से काम कर गुजरात के डांग क्षेत्र में आदिवासियों को बम्बू बांस की ज्वेलरी व अन्य चीज़ों बनाने का काम सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर का नारा देते हैं वो आत्मनिर्भर जो है हमारी ऐसी बहने बना रही हैं और वो भी गुजरात में ही बना रही हैं तो क्या सरकार को उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए सलोनी के वो इससे पहले 2018 में तीन एम सी आई यंग इन्वेस्टर चैलेंज अवार्ड मिले हैं 2018 में ही पुणे में इंटरनेशनल सेंटर में टॉप सोशल इन्वेस्टर का नाम इनाम अवार्ड मिला है और 2019 में मिलिट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल से जो भी इनको बेस्ट अवार्ड मिल चुका है तो ये जो सलोनी जो है इन्होंने आदिवासियों के बीच में काम करके अलवर की होकर के गुजरात में अपना कार्य क्षेत्र चुना और वहाँ के आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो ये सवाल भी आपके लिए आने वाली आर एस और दूसरी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है फिर आपका एक जैसा जो दौर चल रहा है कोरोना का कोरोना से जुड़ी हुई एक और दुखद खबर है कि हमारी जो सरकारें हैं वो लापरवाही को जो है भाप नहीं पाती है लापरवाही को ठीक से मॉनिटर नहीं करती है और उसकी वजह से जो है वो जनहानि होती है ऐसे में ही आज सव, सुबह सवेरे महाराष्ट्र में जो है कोरोना के मरीजों के ऊपर फिर एक कहर टूटा है एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से जो है विरार के कोविड सेंटर में आग लग गई है आई में भर्ती पंद्रह में से तेरह मरीजों की मौत हो गई है और अस्पताल में 90 मर, नब्बे मरीजों का इलाज चल रहा है ये आज सवेरे की घटना है और ये शायद आज, आज अखबार में भी आपको नहीं सुनना मिलेगी तो ये ताज़ा खबर है महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में भी विरार वेस्ट स्थित बल्लभ कोविड सेंटर में आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई थी और इनमें से चार महिलाएँ भी शामिल हैं हादसे के वक्त आई में पंद्रह मरीज थे और पूरे अस्पताल में नब्बे मरीज भर्ती थे इनमें से ऑक्सीजन का सपोर्ट लेने वाले 21 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है तो ये एक दुखद खबर है जो कि महाराष्ट्र में घटी है विरार में घटी है और जो है उसमें आ, आ, कोरोना के सेंटर में आईसीयू में आग लगने की वजह से हुई है ये एक दुखद खबर है आगे जैसे हमें जो फीडबैक मिले थे उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आज के इससे जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें हैं जो 23 अप्रैल का इतिहास है उस 23 अप्रैल के इतिहास को लेकर के भी हम आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर के प्रस्तुत हुए हैं इसमें आप देखेंगे देश दुनिया में 23 अप्रैल को इन घटनाओं के लिए याद किया जाता है जिनमें पहली घटना है दो में म्यांमार की लोकल लोकतंत्र समर्थक नेता आन सान सुखी को शीर्ष नागरिक सम्मान अमरीकी कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानित करने की घोषणा की गई थी 2007 में रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइविच एल्थनिस का निधन हुआ था 2002 में 23 अप्रैल को पेचिंग में भारत और चीन के बीच सीमा पार आतंकवाद पर वार्ता आरम्भ हुई थी 23 अप्रैल उन्नीस को पिचासी की कंपनी कोका कोला ने नियानवे साल बाजार में रहने के बाद एक नए फार्मूले के साथ नया कोक मार्केट में उतारा था और 23 अप्रैल उन्नीस को वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था ऐसे ही 1908 में जर्मनी डेनमार्क ब्रिटेन स्वीडन हॉलैंड, फ्रांस के बीच उत्तरी अंटार्कटिका संगठन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1616 -16 में 23 अप्रैल को महान कवि साहित्य के महान कवि नाटककार विलियम शेक्सपियर की मृत्यु तेईस अप्रैल को हुई थी तो ये तेईस अप्रैल से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं थी जो कि महत्वपूर्ण हैं और हर बार परीक्षाओं में पूछी जाती है तो ये जो चीज़ है वो भी अब आपके सामने लेकर के आए हैं इसी से जुड़ी हुई तेईस अप्रैल की एक और घटना है जो हमारी फिल्म जगत से जुड़ी हुई है और आप सब जानते हैं कि हमारी जो फिल्म जगत में जो सत्यजीत रेज का एक बहुत बड़ा नाम रहा है और उनका की जो मृत्यु है वो भी 23 अप्रैल को ही हुई थी इसलिए उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसमें इतिहास में आज के दिन उस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कहा था जिसे ओस्कर कमिटी ने कोलकाता में आकर सम्मानित किया था ये उन गिने चुने दुनिया के लोगों में से एक है जिन्होंने ओस्कर कमिटी ने एट होम आकर के घर पर आकर के उनको जो है ये पुरस्कार दिया था महान जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने सत्यजीत रे के बारे में कहा है जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्में नहीं देखी तो इसका मतलब मतलब है आप दुनिया में सूरज या चाँद को देखे बिना जी रहे हैं इतना बड़ा स्टेटमेंट रूस के जो एक, एक हीरो हैं उन्होंने आकर के भारत के जो सत्यजीत रे हैं उनके बारे में ये इतनी बड़ी बात कहना अपने आप में इनके कद को बढ़ा देता है भारतीय सिनेमा को सत्यजीत रे ने ही पूरी दुनिया में पहुंचाया है ये आप हम सब जानते हैं वे ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने अकादमी अवार्ड्स की कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स का पुरस्कार कोलकाता में उनके घर पर आकर दिया था दो मई उन्नीस को कोलकाता में पैदा हुए सत्यजीत रे का शुरुआती जीवन कठिनाइयों में बीता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी प्रेसिडेंसी कॉलेज से शास्त्र पढ़ने के बाद वे शांति निकेतन गए उन्होंने कई मशहूर किताबों के कवर पेज भी डिजाइन किए जिनमें जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल है तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो कवर पेज है उसके फ्रंट पेज को किसने डिजाइन किया तो इस तरह का जो जी का जो सवाल है वो एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है कि सत्यजीत रहने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिखी थी उसका कवर पे डिजाइन किया था आज की इस सेशन में इतना ही कल हम फिर से नई जो घटनाएं हैं और न, न, न, न, कल का जो इतिहास है उसकी जुड़ी हुई खबरें लेकर के आपके पास आएंगे तब तक के लिए अलविदा नमस्कार शुक्रिया